अच्छा अच्छा चिंटू चिंटू बताओ शब्द का किस देश में हुआ? वो कैसे? इसमें सारे चाइनीज गुड़ ना ना ना कोई ना कोई गारंटी, वारंटी। चले चले तो तक, ना चले तो, तो। अच्छा सवाल नंबर दो बिजली कहाँ से आती है सर मामा जी के से। वो कैसे जब भी बिजली जाती है बाहर निकलते हैं, और व्यंजन मुँह ऐसी आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ, पूछो सर लोग हिंदी या इंग्लिश में में ही क्यों क्यों बोलते हैं? मैथ्स नहीं? नहीं मत करो, हो जाओ, नहीं तो दूंगा। तो खींच कर के छत्तीस नजर आएंगे पर बत्तीस के बत्तीस बाहर निकल बस में चल जाएंगे बड़े खतरनाक है